कल ना मेरा एक दोस्त मिला था उसने मुझसे पूछा कहता यार तुझे ना ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ये सब करने की ये जो तू कर रहा है मैं जब 12-13 साल का था ना तब इस सब की शुरुआत हुई थी मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाती थी और वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं रोज़ सुनता था और रोज़ रोता था उसको सुन करके दादी कहती थी अब मैं नहीं सुनाऊँगी तू रोता है मैं नहीं नहीं नहीं सुनाओ सुनाओ सुना बहुत अच्छी कहानी है सुनाओ वह थी एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छा मज़े में उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में जब उसके अंदर लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ अपने भाई बहनों के साथ पूरी दुनिया के साथ सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचने लग गया और धीरे धीरे धीरे सबसे अलग हो गया यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया तो जब उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकेंड्स बचे हुए थे ना जब वो जाने वाला था इस दुनिया से तो उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे वो रोए जा रहा था रोए जा रहा था रोए जा रहा था और आखिरी वर्ड्स जो उसके मुंह से बाहर आए वो थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो चला गया इस दुनिया से ये बोल कर जब मैं वो कहानी सुनता था अपनी दादी की तो मेरे अंदर कुछ होता था मुझे नहीं पता वो क्या था लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई जब मेरे वो लास्ट मोमेंट होगा लाइफ का तो मैं क्या बोलूँगा मैं क्या बोलूँगा अपने सब लोगों को उस टाइम मुझे नहीं समझ आया आज समझ आता है जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना आंसू निकल रहे होंगे रो रहा लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा बस हंस रहा और मन में ये चल रहा होगा यार मज़ा आ क्या क्या जिंदगी थी मजा आ गया मजा आ तो गया ये है जिंदगी ये जिया मैं ये चल रहा होगा मेरे अंदर किसी को कुछ नहीं बोलूंगा बस अंदर से सोच रहा हूँ कोई गिला शिकवाने अब इस सेमिनार का फाइनल मोमेंट मैंने सेमिनार के शुरू में आपको कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कभी अपने फायदे की कोई बात करने वाला मैंने झूठ कहा था कुछ तो मांगूंगा ऐसे नहीं जाने दूंगा कुछ तो मांगने वाला हूं तो मैं आप सब से अपने पूरे दिल से कुछ मांगने वाला हूं हो सके तो देना नहीं हो सके तो मत देना तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये मांगता हूँ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 थोड़ी सी मदद कर देना आज मेरी जिंदगी का आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार था ये एक चीज खत्म हो रही है लेकिन एक दूसरी चीज की शुरुआत हो रही है मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसिस को एक एक करके वीडियो में रिकॉर्ड करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा आज मैंने आपको बोला आसान है तो आसान क्यों है अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाया वो मैं आपको बताऊंगा उन वीडियोज में खोल करके सामने रख दूंगा दिल को दिमाग को सबको खोल करके सामने रख दूंगा जिससे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा ना कोई अगर कुछ करना चाहता होगा वो सिर्फ उस जगह पे जाएगा और फ्री में जो चाहेगा वो कर सकेगा और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने लाखों लोग आप ही में से निकल करके लाखों लोग आएंगे मेरे जैसे मेरी जगह मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे कोई और होगा कोई और होगा कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी ये दुनिया बदलेगी आज मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया अगर आज भगवान भी मेरे पास आए ना और कहे कि चल मेरे साथ तो मैं कहूंगा चलो यार चलो कहाँ चलना है हो गया जो करना था कर दिया आज लाखों लोगों ने मेरा सेमिनार अटेंड किया है अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो कुछ लाखों लोग और कर लेते लेकिन आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके दिल से आवाज आएगी यहां से यहां से नहीं यहां से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी जरूरत है और जिस दिन ऐसा होगा और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा कोई भूखा नहीं रहेगा यह दुनिया बदलेगी क्योंकि यह भी होना आसान है आसान है आसान है, आसान है।, आसान है। लेगी है दुनिया बच लेगी